नमस्ते चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है शिक्षा विभाग के तरफ से जिसमें कहा गया है इंटर पास चार लाख छात्राओं के खाते में चार सौ करोड़ रुपए भेजे जाएंगे और मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी छात्राओं के खाते में सभी जो छात्राएँ हैं एक जो छात्राएँ हैं उनके खाते में राशि भेजी जाएगी तथा एक से आठ वर्ग के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उन सभी को साइकिल पोशाक जितने भी योजना की राशि मिलती है वो सभी जारी किए जाएंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है इससे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इससे संबंधित वीडियो आप तक सीधे पहुँचें देख सकते हैं मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी वर्ग की वन लाख छत्राओं के खाते में जाएगी राशि यानी एक लाख पैंसठ हज़ार छत्राओं के खाते में जाएगी राशि इंटर पास चार लाख छत्राओं के खाते में दो दिनों में भेजे जाएंगे चार सौ करोड़ यहां देख सकते हैं वर्ष 2021 में इंटरमीडिएट पास अविवाहित लगभग चार लाख छत्राओं के खाते में चार सौ करोड़ की राशि दो दिनों में चली जाएगी यानी चार लाख जो छत्राएँ हैं चार करोड़ की राशि दो दिनों के अंदर में चली जाएगी इस साल प्रथम श्रेणी में मैट्रिक उत्तीर्ण सभी वर्ग की यहाँ देख सकते हैं एक लाख पैंसठ हज़ार पाँच सौ इक्यानवे छात्राओं के खाते में दस हज़ार की दर से एक सौ पैंसठ करोड़ उनसठ लाख दस हज़ार रुपये भी दो दिनों में चले जाएंगे देख सकते हैं स्पष्ट किया गया इस साल प्रथम श्रेणी में इस साल की बात यानी दो में जो पास किए हैं मैट्रिक उत्तीर्ण सभी वर्ग की एक लाख पैंसठ हज़ार पाँच सौ इक्यानवे छात्राओं के खाते में यानी लड़कियों के खाते में दस दस हज़ार की दर से एक सौ पैंसठ करोड़ उनसठ लाख दस हज़ार रुपए भी दो दिनों में चले जाएंगे राज्य के एक करोड़ अठहत्तर लाख स्कूली बच्चों को पोशाक छात्रवृत्ति साइकिल सहित विभिन्न योजनाओं की राशि इस माह के अंत तक जाएगी यानी देख सकते हैं यहाँ पे राज्य के स्कूली बच्चे यानी एक से आठ तक के जितने भी १.६ करोड़ स्कूली बच्चों को पोशाक साइकिल छात्रवृत्ति विभिन्न योजनाओं की राशि इस माह के अंत तक जाएगी नौवीं कक्षा के लगभग सोलह लाख छात्र छात्राओं के साथ भी विभिन्न वर्ग के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग बच्चों के पोशाक की राशि के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से सात करोड़ से अधिक राशि मांगी है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना की जो राशि मिलती है उसके तहत तो अविवाहित उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में दस हज़ार दस दस हज़ार रुपये भेजे जाएंगे 2021 इंटरमीडिएट परीक्षा में छः लाख तैंतालीस हज़ार छः सौ अठहत्तर छात्राएँ शामिल हुई यहाँ देख सकते हैं 2021 इंटरमीडिएट की परीक्षा में छः लाख तैंतालीस हज़ार शामिल हुई इनमें सभी संख्यायों में पाँच लाख उत्तीर्ण हुई यानी छः लाख में छः तैंतालीस छः अठहत्तर छात्राएँ शामिल हुई जिसमें सभी संख्याओं में पाँच छः अट्ठारह सौ इक्यानवे छात्राएँ उत्तीर्ण हुईं एक, हुई। एक अप्रैल 2021 के बाद रिजल्ट आता तो प्रत्येक पास सविवादित छात्रा को पंद्रह हज़ार की दर से प्रोत्साहन राशि मिलती यानी एक अप्रैल के बाद रिजल्ट यदि जा आ जाता तो पंद्रह की दर से उनके खाते में भेजा जाता इस साल मैट्रिक की परीक्षा में आठ लाख शामिल हुईं इनमें एक लाख पैंसठ हज़ार पाँच सौ इक्यानवे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं देख सकते हैं वन पॉइंट सेवन एट करोड़ स्कूली बच्चों को इस माह मिलेगी छात्रवृत्ति योजना की राशि यानी इसी माह महीने जारी कर दिए जाएंगे देख सकते हैं मार्च क्लोजिंग के कारण राशि निकासी में देरी हुई है नामांकित सभी बच्चों को मिलेगी योजना की राशियाँ देख सकते हैं पोशाक छात्रवृत्ति सहित विभाग विभिन्न योजनाओं की मद में चार करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी सत्रह 2020 से बीस में 11 माह तक कोरोना काल कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं बंद रहे बच्चे स्कूल नहीं आ सके इसलिए हाजिरी भी नहीं बनी इस कारण स्कूल में नामांकित सभी बच्चों को विभिन्न योजनाओं की राशि दी जाएगी राज्य सरकार ने सभी बच्चों के खाते में राशि देने का निर्णय फरवरी माह में ले लिया था बच्चे बच्चों के आधार से जुड़े बैंक खातों में योजना की राशि जाएगी यानी डी से जो भी जुड़े हुए खाते हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा कक्षावार दी जाती है राशि यहाँ देख सकते हैं सरकारी स्कूलों के साथ ही सरकार से अनुदानित स्कूलों मदरसा संस्कृत विद्यालय सहित सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं विभिन्न योजनाओं की राशि दी जाती है नवी कक्षा में नामांकित सभी छात्र, छात्र छात्राओं को साइकिल खरीद के लिए तीन तीन हज़ार दिए जाते हैं कक्षा एक से बारहवीं तक की सभी छात्राओं को पोशाक राशि दी जाती है कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्रों को पोशाक राशि दी जाती है कक्षावार छात्रवृत्ति दे सकते हैं तो एक नज़र यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक स्कूल हैं उनसठ उनहत्तर हज़ार पाँच सौ चौहत्तर ये सभी यहाँ पे डाटा दे रहा है तो ये बहुत बड़ी इस समय शिक्षा विभाग के द्वारा अपडेट जो निकली है इसमें सभी बच्चे लाभान्वित होंगे इस कोरोना काल में दूरी बना के रहें मास्क कावश से प्रयोग करें कुछ दिनों के लिए भीड़ रिश्तेदार के यहाँ जाने से बचें धन्यवाद